परासिया में बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने लाल सिंह चड्डा फिल्म लगाए जाने का विरोध जताया है हिंदू संगठन ने लोगों से अपील की है कि हिंदू विरोधी फिल्मों को न देखें और जो भी हिंदू विरोधी फिल्में बनाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा परासिया एस्कॉन मॉल में बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने लाल सिंह चड्डा फिल्म लगाने का विरोध किया मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा ऐसे में बजरंग दल ने सिनेमाघरों के मालिक को बुलाकर कहा कि अभिनेता आमिर खान और लाल सिंह चड्डा फिल्म का पोस्टर निकाला जाए और जो भी अभिनेता हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा और, और देश का विरोध करेगा ऐसे अभिनेताओं का विरोध हिंदू समाज करेगा बजरंग दल के तत्वाधान में कराचिया में स्कॉन मॉल में लाल सिंह चड्डा जो फिल्म लगी है उसका बजरंग दल और सकल हिंदू समाज पूरा हिंदू समाज उसका विरोध करता है क्योंकि यह फिल्म एक देश विरोधी फिल्म है और उसमें जो अभिनेत्रा है अभिनेता है आमिर खान उसके उसके पहले भी उसकी कई फिल्म आई जिसमें उन्होंने देश का विरोध करा है एक पीछे फिल्म निकली थी उसमें उन्होंने भगवान के पोस्टर लगा के भगवान को लापता घोषित किया था साबित किया था तो इस ऐसे अभिनेता को इस भारत से लापता करना है इसकी एक फिल्म नहीं इसकी जो भी फिल्म आएगी उसका हिंदू समाज बजरंग दल हिंदू परिषद उसका विरोध करेगा और जो भी भारत के खिलाफ देश के खिलाफ जो भी अन्य विरोधी गतिविधि और कोई भी नेता के माध्यम से रहेगी उसका बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद लगातार विरोध करते रहेगा ऐसी फिल्म का विरोध आज बजरंग दल करता है बजरंग दल द्वारा जो विरोध किया गया है लाल सिंह शक्लम फिल्म का इस, इसके लिए इसके इसमें इस फिल्म को हम तत्काल हटा रहे हैं और हम इसका समर्थन भी कर रहे हैं हमारे थिएटर से हम इस फिल्म को तत्काल ही हटा देते फिल्मों के पो, पोस्टर यहाँ नहीं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे न लगे हैं वो फिल्म आप मेरे थिएटर में नहीं कहीं पे भी आपको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी जबकि हम सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी उसे दिया गया था जो पेपर के माध्यम से आप लोगों ने भी उजागर किया था कि दूसरे थिएटरों में इसकी सब्सिडी पे फिल्म नहीं दिखाई गई ठीक है